पहला सवाल बेटा क्या कर रहे हो ठीक है आप बोलेंगे तैयारी कर रहे हो अच्छा बेटा दो साल से शायद तुम तैयारी कर रहे हो ना फिर आप अपने मन में थोड़ा सहमेंगे थोड़ा सा हाँ ठीक है बोलने से सोचें कोई बात नहीं आराम से तैयारी करो कोई दिक्कत की बात नहीं तो असल में वो आपको संतावना नहीं देते हैं वह आपके थोड़े से मजे लेते हैं कुछ लोग तो आपको ये भी मिलेंगे स्पेशली और कभी कभी तो आपके घरवाले भी ऐसा काम कर देते हैं जो शायद मुझे नहीं लगता कि आपके पेरेंट्स को भी ऐसा काम करना चाहिए ठीक है खाना खाने बैठे हैं आप आप नॉर्मल बैठे हैं अरे सुन रही हो फलाने का बेटा जो है फ़लाने जगह पर पोस्टेड हो गया या फलाने की जो नौकरियाँ है, इतनी है उनकी तनख्वाह इतनी है भाई साहब अंदर ही अंदर एक स्परेंट घुट होता है वो ज़िंदगी मैं जानता हूँ मतलब आप ठीक है यार ऐसा नहीं है कि आप कर नहीं सकते कहते हैं ना कि कामयाबी इतनी बना लो कितनी आपकी कामयाबी आपकी शोर मचाए बस वही वाली बात है